गली में बैंक और बैंक में लोन तू इतनी और जिता मेरा आईफोन गलती हो गई कसूर तो बताऊँ क्या तेरे बाप को मैं ससुर बताऊँ क्या